19's का युवा और हर एक बच्चा फाल्गुनी के गाने सुनकर ही बड़ा हुआ है उस दौर का इंडिपेंडेंट म्यूजिक की क्रांति का नाम ही फाल्गुनी पाठक था पर पब्लिक तब ज्यादा नाराज हुई जब टी सीरीज ने फाल्गुनी के गाने मैंने पाए रही झनकाई का रीमेक बनाया ओ साजना इस गाने के सिंगर हैं नेहा कक्कर इस गाने के वीडियो में नेहा कक्कर और धनश्री डांस करती नजर आ रही हैं। और इस गाने के हीरो में प्रियांश शर्मा हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में फाल्गुनी ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है ये जानकर कि अभी भी फैंस उनके ओरिजिनल गाने के दीवाने हैं और रही बात लीगल एक्शन की तो उन्होंने कहा की काश वो ऐसा कर पाती और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्यूँकी उनके पास इस गाने के लीगल अधिकार नहीं है